जमाना हो गया ये मोबाइल वाला बीबी का कुछ याद ही नहीं तुम्हारी चाची का हमको सब एक एक छह मालूम कहां पड़ता? था क्या तमाशा है हाँ हल्ला कर रहा है? कैमरा घूमे कैमरा घुमा हाँ देखिए देखिए चंद्रायन फ्री जा रहा है देखिए देखिए कैसा लगा मेरा मजाक देखिये माँ ने तो आशीर्वाद दे ही दिया साक्षात बाप भी दे दे तुम पू क्या, क्या बात कर रहे हो तुम अरे ना कभी सेक्स किए थे तभी तो तुम जैसल होता पैदा हुआ यही नहीं अभी और सुनिए रहेंगे तो मजा तो बहुत आया होगा ना हाँ है लेकिन तो हमको कहे नहीं लेने तेरे मजा तो तो कितना तो तो तो सॉफ्ट है पापा बाल तुम नीचे आओ तुम नीचे आओ एक मिनट क्या जमाना हो गया ये मोबाइल वाला बीबी का कुछ याद नहीं है तुमने चाची का हमको सब एक एक छेद माल में पड़ता सेक्स हो है? सेक्स किए हो नहीं किए तो नहीं है लेकिन कर लेंगे <laughs>